वेलकम टू माय चैनल आई कि आप सब ठीक मैं से होंगे ठीक लेकिन बहुत उदास बात क्या क्या ही ऐसा हुआ क्या है है हुआ वो अभी आपको सो गाइस अपनी रिपेयर करवा ली है और अब हम लोग देखते हैं आप देख सकते हैं कि ये जो तो यहाँ का शीशा टूटा हुआ था ये जो है हम लोगों ने रिपेयर करवा कर बिल्कुल सही वाला शीशा लगवा लिया है और देखते हैं आप अंदर का पैनल भी तो ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो है नया पैनल भी लगा चुके हैं नया ए सी वगैरह और सब जो है हमारी गाड़ी में हो चुका है माशाला से और हमारी गाड़ी बिल्कुल जो हुई अच्छी सी लग रही है आप चलते हैं साहब के रिव्यूज वेलकम चैनल आप जानते हैं हमारी गाड़ी में कुछ दिनों पहले पैनल की चोरी हुई थी वो बस ऐसे हुई थी कि पीछे का जो आखिर का क्वार्टर गिलास होता है चोर उसको तोड़ के अंदर बैठे हमारी गाड़ी का पैनल ए सब लेकर ले जाए लेकिन अब अलहमद्ला वो सारी चीज़ें दोबारा लग चुकी हैं और अब हमने गाड़ी में अलार्म भी लगा दिया तो आप चोर हमारी गाड़ी में से दोबारा पैनल ए चोरी नहीं कर सकते अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर ना so guys, हमारे प्यारे भाई ने अपना रिव्यू दे दिया है और हम लोगों ने आपको दिखा भी दिया है कि हमारी कार रिपेयर हो चुकी है तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ब्लाग पसंद आएगा अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए